भोपाल में रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी ने विश्वरंग कार्यक्रम की शुरुआत की सात दिनों तक चलने वाले विश्वरंग में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे पहले दिन शास्त्रीय गायिका कौशिकी चक्रवर्ती का गायन हुआ भोपाल के रविंद्र भवन में रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय ने विश्वरंग कार्यक्रम की शानदार शुरुआत की सुबह जबलपुर के सुर परागवृद ने रविन्द्र संगीत से गुलजार किया तो वही ढलती शाम में शास्त्रीय गायिका कौशिकी चक्रवर्ती ने लोगों का अपने संगीत गायन से मन मोह लिया इस दौरान पूरा सभागार शास्त्रीय गायन सुनने के लिए खचाखच भरा रहा इस दौरान विश्वरंग की झलकियां लगाई गई थी वहीं विश्वरंग के निदेशक और कुलाधिपति संतोष चौबे ने महोत्सव के शुभारंभ पर कहा कि विश्वरंग अपने चौथे संस्करण में हजारों लोगों को समेटे हुए मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी भोपाल में अपने नए कलेवर के साथ आपके समक्ष आया है आज विश्व रंग दो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के आशीर्वाद से अपने रंग बिखेर रहा है वहीं रविंद्रनाथ टैगोर के डायरेक्टर सिद्धार्थ चौबे ने विश्वरंग कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी उन्होंने बताया हर दिन अलग कार्यक्रम के साथ नई प्रतिभा की प्रस्तुति होगी बच्चों के लिए कार्यक्रम रखे गए हैं कई बॉलीवुड कलाकार विश्वरंग से जुड़ रहे हैं जी विश्वरंग के चौथे संस्करण का आज पहला दिन है और पद्मश्री और नेशनली और इंटरनेशनली रिनाउंड क्लासिकल सिंगर कौशिकी चक्रवर्ती जी का गायन यहाँ पे होने वाला है लोगों में बहुत उत्साह है उन्हें सुनने का ऑलरेडी बहुत सारे लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और विश्वरंग का आगाज़ ऐसे ही किसी सुंदर और सुरीली शाम के साथ होना था आगे आने वाले छः दिन भी बहुत खास होने वाले हैं ये विश्वरंग महोत्सव पूरे सात दिन का महोत्सव है चौदह पंद्रह सोलह नवम्बर हम रविंद्र भवन में रहेंगे और सत्रह अठारह उन्नीस बीस हम कुशा ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में रहेंगे तो सांस्कृतिक सभाएं होंगी परिचर्चाएं होंगी साहित्यिक सत्र होंगे बहुत सारे लेखकों से मिलने का मौका मिलेगा बहुत सारी पुस्तकों का विमोचन होगा और कुछ सेलिब्रिटीज़ के साथ भी बातचीत करने का मौका मिलेगा तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि विश्वरंग में ज़रूर आएं आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ विश्वरंग पोर्टल पर जाना है अपना रजिस्ट्रेशन कराना है सभी सेशंस में जो प्रवेश है वो पूर्णतः निशुल्क है आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विश्व कार्यक्रम को लेकर का लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला कार्यक्रम को देखने विभिन्न क्षेत्रों से लोग रविन्द्र भवन पहुँचे जहाँ उन्होंने कार्यक्रम की तारीफ़ की और बताया कि हर वर्ष वे विश्व रंग के कार्यक्रम में शामिल होते हैं कोरोना की वजह से बीच में रफ्तार धीमी हुई थी लेकिन फिर विश्व रंग अपने रंग में आ गया है विश्वरंग वासियों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है यहाँ सात दिन का बड़ा आनंद उत्सव रहेगा रविंद्र भवन और मिंटो हॉल में आईसेट की तरफ से आर एन विश्व विश्वविद्यालय का आयोजन करता है बहुत मेरे मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और विश्व रंग के आयोजन में मुझे यहाँ पर आते हुए इसको ज्वाइन करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कोरोना के दो वर्ष के बाद में ये समारोह आयोजित किया जा रहा है उसके पूर्व में भी ये किया गया था तब बहुत ही आनंद आया था और इस बार फिर पूरी उम्मीद है कि समारोह में, में बहुत आनंद आएगा आज उस समारोह का हम प्रारंभ करने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं धन्यवाद वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं सत्य का अन्वेषण दखल न्यूज